छतरपुर में पुलिस बल ने हिस्ट्रीशीटर दीपू जाटव का मकान बुलडोजर से गिरा दिया है हिस्ट्री शीटर दीपू जाटव और उनके पिता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं वहीं दूसरी कार्रवाई पुलिस बल ने भू माफिया द्वारा कब्जा करके गौशाला चलाए जाने वाली जमीन पर छतरपुर पुलिस ने बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का ठान लिया है पुलिस बल हिस्ट्रीशीटर बदमाश दीपू जाटव के उस घर में जेसीबी मशीन लेकर पहुंची जहां तीन दिन पहले हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपू जाटव और उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था जब पुलिस इस हिस्ट्री शीटर बदमाश के घर पहुंची तो डीजे पर सिंगम फिल्म का गाना बज रहा था जैसे सिंगम में अजय देवघन बदमाशों पर कार्रवाई करता है वैसे ही पुलिस ने कार्रवाई करके इसका मकान जमीन दोस्त कर दिया वहीं दूसरी कार्रवाई पुलिस ने पन्ना रोड पर स्थित जमीन पर की ये जमीन आयकर विभाग की है जिसे भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था और उस पर गौशाला चला रहा था पुलिस ने जेसीबी मशीन से गौशाला को धराशायी कर दिया पुलिस ने जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से छुड़ाकर आयकर विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दी छतरपुर मौजा के अंतर्गत आयकर विभाग की जमीन पाँच एकड़ थी जिसमे से एक एकड़ के लगभग कमल जैन पिता कुन्नलाल जैन के द्वारा बाउंड्री बना और मकान बना अतिक्रमण किया गया था जिसमें तहसीलदार के द्वारा मध्य प्रदेश भूरा सहायता उन्नीस की धारा दो के तहत विधिवत कार्रवाई की गई कार्रवाई को उपरांत इनको बेदखली आदेश जारी किया गया और आज यहां पर मौके पर इनका जो अतिक्रमण था उनको हटाया जा रहा है झे तौर के लोग तो हैं जिनके द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति हासिल की गई है और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है उस पर कार्रवाई की गई है तो आज जो डीपो जाटा जिसके करीब बारह तेरह ब्रांत था और तो जिसके घर अवैध बिना परमिशन के नगर पालिका के बनाया गया था और तो दूसरा जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनकम टैक्स को जमीन अलाट की गई है प्रशासन द्वारा